नमस्कार स्वागत अभिनंदन तुला राशि के जातकों नवंबर का यह माह कैसा बीतेगा आपका इस माह में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होंगी क्या नवंबर माह कुछ नई सौगात आपके लिए लेकर के आया है क्या आप जो कुछ सोच रहे हैं नवंबर माह में उन सभी चीज़ों की आपको प्राप्ति होगी इन सभी यक्ष प्रश्नों का उत्तर इस राशि फल में हम आपको देंगे आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले बताना चाहेंगे कि हमारा प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशी ग्रामीण ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधान जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानमंत्री नाम राशि न ना चिंतित तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि आप लोग जन्म राशि की ही प्रधानता दे दीजिए नाम राशि की प्रधानता नहीं देनी चाहिए राशिफल में तो जिनकी भी चंद्र राशि है ये राशिफल उन पर सटीक बैठेगा लेकिन 100 परसेंट नहीं बैठेगा कारण इसका ये है कि आपकी कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की महादशा कौन सी चल रही है अंतरदशा कौन सी चल रही है प्रत्यंतरदशा कौन सी चल रही है आपके जो प्रश्न हैं जो बाधाएं आ रही हैं जैसे कैरियर में बाधा आ रही है तो लग्न कुंडली के साथ साथ नौमांश और दशांश कुंडली जिसको डीटेन चार्ट भी बोलते हैं उसका भी अध्ययन करना पड़ता है आपके कुंडली में ग्रह किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं ये भी देखना पड़ता है योगनी दशा आपकी कौन कौन सी चल रही है तो दर्शकों ज्योतिष बहु आयामी है इसमें आप लोग यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर विश्लेषण करवा के आपके जीवन में वास्तविक क्या घटनाएँ घटित हो रही हैं ये जान सकते हैं दर्शकों सोलह और सत्रह तारीख को मुंबई आगमन हो रहा है इच्छुक दर्शक जो कोई भी मुंबई महाराष्ट्र से हैं इसके आसपास के क्षेत्र से हैं आप लोग आकर के मिल सकते हैं वहीं 23 और 24 तारीख को दिल्ली आगमन हो रहा है तो जो भी दर्शक राजधानी से हैं दिल्ली से हैं आप लोग मिल सकते हैं तुला राशि के जात को वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है आप लोग जा कर के देख लीजिए गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ है एक वर्ष का ये राशि परिवर्तन भी हमारे चैनल की प्ले में आप जाइए और देख लीजिए या नहीं मिलता है तो आप तुला राशि गुरु का राशि परिवर्तन एस्टो भी राशि लिखेंगे तो वो आ जाएगा वीडियो तो दर्शकों इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो इस माह के जो सबसे प्रमुख व्रत एवं त्यौहार हैं तो देखिए दो तारीख शनिवार दिन रहेगा छठ पूजा रहेगी तीन तारीख को रविवार दिन रहेगा और भानु सप्तमी रहेगा चार तारीख सोमवार दिन रहेगा गोपाष्टमी रहेगा पाँच तारीख को मंगलवार दिन रहेगा और अक्षय नवमी की पूजा होगी वहीं आठ तारीख को शुक्रवार दिन रहेगा देवोत्थान नामक एकादशी का व्रत रहेगा नौ तारीख शनिवार दिन रहेगा तुलसी विवाह रहेगा दोष व्रत रहेगा और शनि त्रयोदशी है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 सन का ट्रांजिट होगा और इसको बोलते हैं वृश्चिक संक्रांति क्योंकि जो नीच के सूर्य हैं ये सत्रह तारीख को रविवार दिन रहेगा वृश्चिक राशि में ट्रांजिट करेंगे वही उन्नीस तारीख मंगलवार दिन रहेगा और काल भरो भैरव जयंती रहेगी बाईस तारीख को शुक्रवार दिन रहेगा उत्पन्ना का का और, रहेगा, रहेगा। और तीस तारीख को शनिवार दिन रहेगा विनायक चतुर्थी रहेगा दर्शकों ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कह रही है इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक कुंडली देख सकते हैं सात नंबर मतलब तुला राशि आपका हुआ तो यहाँ पर सूर्य देव बैठे हुए हैं बुद्ध हैं और मंगल है सूर्य यहाँ पर देखिए नीच के हो गए जाकर करके। दूसरा शुक्र वृश्चिक राशि में है गुरु केतु शनि ये धनु राशि में बैठे हुए हैं राहु मिथुन राशि में दर्शकों बैठे हुए हैं दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे कि 17 तारीख को सूर्यदेव की संक्रांति होगी तो सत्रह तारीख के बाद से सूर्यदेव वृश्चिक राशि में चले जाएंगे प्रवेश करेंगे उसी के साथ साथ तेरह नवम्बर को मंगल तुला राशि में जाएंगे कन्या में रहेंगे लेकिन तेरह के बाद ये जो है तुला में आ जाएंगे देखिए दूसरा दर्शकों वक्री बुद्ध जो रहेगा ये सत्रह नवंबर को मार्गी हो करके तुला राशि में भ्रमण करेंगे देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हो ही चुका है तो काफी कुछ चीजें इस कुंडली में समेटे हुए तुला राशि के जातकों के लिए अब आप पूछेंगे कि चंद्रमा कहा गया तो चंद्रमा सवा दो दिन में राशि परिवर्तन करता है दर्शकों उसको हमने मानक माना है और उसी के आधार पर यह हमने राशिफल तय जो है तैयार आप लोगों के लिए किया हुआ है तो क्या कुछ रहेगा कैसा महीना रहेगा शुभ दिवस प्रतिकूल दिवस क्या क्या रहेंगे आपके लिए तो इन सभी विषयों पर आज हम प्रकाश डालेंगे देखिए ये महीना जो रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है यदि आप नियत समय पे काम करते हैं यदि किसी प्लानिंग को एक रूपरेखा बना करके काम करते हैं तो आपका हर काम पूरा होगा आप महसूस करेंगे कि आस के लोग बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड कर रहे हैं लेकिन जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा करने का वादा आपको नहीं करना रहेगा लग्न में सूर्य नीचे बैठे हुए हैं तो कोई एलीगे लग सकता है कोई आपके ऊपर आरोप लगा सकता है उन्होंने उन्होंने हमसे कहा था देने को उन्होंने नहीं दिया जो होता होता है है आपके का, का होता है। तो एक तारीख से सत्रह तारीख के बीच में किसी से बहुत बड़ा वादा मत करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उच्चाधिकारियों के साथ थोड़ी सी दूरी आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि जब जब राहुदेव चंद्रदेव राहु के साथ आएंगे ग्रह दोष बनाएंगे भाग्य का आपको साथ नहीं मिलेगा उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग नहीं मिलेगा और अपने सहकर्मियों का आपको साथ नहीं मिलेगा देखिए इस माह सेकंड स्थान पर जो शुक्र देव की स्थिति बनी हुई है और फिर 17 तारीख के बाद से सूर्य देव चले जाएंगे तो कुटुंब से रिलेटेड जो चीज़ें आपकी चली आ रही थी चाहे ससुराल पक्ष रहा हो चाहे आस पड़ोस का रहा हो चाहे आपके घर परिवार की स्थिति रही हो तो आपको कोई स्थायी संपत्ति प्राप्त होने का योग भी बन रहा है आपको अपनी वाड़ी पर संयम रखना पड़ेगा अन्यथा आप अपने शब्दों के कारण ही बहुत चीज खोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वहीं दर्शकों एक चीज बताना चाहेंगे कि आपको जोड़ों से रिलेटेड कोई दर्द हो सकता है ज्वाइंट पेन आपको हो सकता है मंगल देव अष्टम दृष्टि जो है अपने अष्टम स्थान पर देखिए दे रहे हैं वृषभ राशि में तो इस माह कुछ परेशानी स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको जो है देखने को मिलेगी आपको अचानक से कोई भय आएगा कोई चोट चपेट इत्यादि भी आपको लग सकती है नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनको उन्नति के तमाम अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं व्यवसाय में निवेश के लिए सही समय रहेगा दांपत्य जीवन में आपके खुशी का माहौल रहेगा लेकिन शक के कारण आपके पार्टनर को आप पर बहुत ज्यादा शक होगा शंका होगी तो इनसे बचना रहेगा देखिए यदि लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो इस माह लव मैरिज करने के भी योग बन रहे हैं कोई नया प्रेम संबंध आपको स्थापित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वही स्वास्थ्य संबंधी कोई रोग श्वास श्वास से संबंधित कोई रोग होगा एक्चुअली में इस माह आपका वजन भी कुछ बढ़ेगा देखिए थर्ड हाउस में जुपिटर घर वापसी तो कर चुके हैं लेकिन केतु के साथ बैठे हुए यहाँ पर शनि भी बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आपका वजन भी बढ़ेगा आपको श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी सबसे बढ़िया रहेगा कपाल भारती आप लोग करिए जुपिटर क्या है जुपिटर जो है ये वजन बढ़ाता है का और वजन जब आपका पेट बढ़ेगा तो कोशिश कीजिए कि कपाल भारती करिए सबसे बेस्ट आपके लिए क्रिया रहेगी आपके जो आर्थिक लाभ है ये इसका जो है एक नए ऊंचाई पर पहुंचेंगे आर्थिक पक्ष से आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं सत्रह तारीख के बाद से सूर्यदेव जैसे ही वृश्चिक संक्रांति होगी हमने आपको बताया था ना प्रमुख प्रतिम त्यौहार में वृश्चिक संक्रांति तो उसके साथ आप से आपको लाभ जो है अच्छा मिलेगा क्योंकि सूर्यदेव जो बनते हैं ये आपके इनकम के भी लॉर्ड तो दर्शकों को बताना चाहेंगे दाम्पत्य जीवन में आप बहुत ज्यादा सुखी रहेंगे घर परिवार तथा संबंधियों का सहयोग प्राप्त होगा बातचीत में आपके जो है भद्रता परिलक्षित होगी योग्य व्यक्तियों को माह कोई जो है नई संतान प्राप्ति का जो है योग दिखा रहा है उत्तम स्वास्थ्य रहेगा बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति होगी वहीं पर जो भी हमारे तुला राशि के स्टूडेंट हैं मनोरंजन से रिलेटेड गायन से रिलेटेड वादन से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो इनको अध्ययन में रुचि आएगी परिवार के मतभेद तथा विरोध समाप्त होंगे झगड़े झंझटों से आपको छुटकारा मिलेगा स्वभाव में नम्रता तथा समर्पण का भाव रहेगा 21 नवंबर से व्यवसायिक लाभ आपको मिलेगा धन आगमन में जो बाधा थी ये दूर होगी आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी रोजी रोजगार तथा जो भी आपके कार्यालय में उलझने थी सरकार पक्ष से जो भी उलझने थी तुला राशि के जातकों की वो समाप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है लेकिन दर्शकों कहीं ना कहीं आप दबेंगे अपने कार्यक्षेत्र में भी दबेंगे दूसरे आपको इस बीच दबाएंगे आपके अंदर जो पराक्रम उभरना चाहिए वो अभी उभर कर नहीं आएगा दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे मित्रों एवं सहयोगियों के माध्यम से ही आपके जो विरोधी हैं वो आपके सामने सर उठाएंगे शासकीय सहायता प्राप्त करने में माह के अंत में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा धार्मिक कार्यों से इस माह दूर रहेंगे आपका मन ज्ञात और अज्ञात कारणों से भी देखिए दर्शकों भयभीत रहेगा जो तीसरा स्थान है पराक्रम का होता है छोटे भाई बहनों का होता है का, कान का होता है श्वास का होता है और अज्ञात भय का भी होता है तो अज्ञात भय आपको कुछ ना कुछ यहाँ तो काफ़ी कुछ चीज़ें देखिए ये माह ले करके आप लोगों के लिए आया है अब चलते हैं कि इस माह में जो सबसे ज़्यादा लकी डेज आपके लिए रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे आप लोग नोट कर लीजिए देखिए एक तारीख हो गया चार तारीख हो गया छः तारीख हो गया आठ तारीख दस तारीख तेरह तारीख उन्नीस तारीख चौबीस छब्बीस और अट्ठाईस तारीख ये सबसे ज़्यादा आपके लिए शुभ दिवस रहेंगे लकी डेज रहेंगे प्रतिकूल दिवस जो आपके लिए अनुकूल ना हो या जो आपके लिए सबसे गंदे ये जो है दिन जाएंगे तो, तो आपके लिए ये जो बेकार दिवस हैं प्रतिकूल दिवस है तीन तारीख पाँच तारीख पंद्रह तारीख सत्रह तारीख बाईस तारीख और तीस तारीख ये प्रतिकूल दिवस रहेंगे इन दिवसों में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी शुभ कार्यों को मत करिएगा किसी को धन इत्यादि मत दीजिएगा कहीं पर नया निवेश मत करिएगा कोई नया काम शुरू मत करिएगा दर्शकों उपाय पर आगे बने उससे पहले बता दें कि वार्षिक राशिफल 2020 तुला राशि के जातकों के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं 16-17 नवंबर को मुंबई और 23 और 24 तारीख को दिल्ली में आप लोग मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं उपाय की ओर बढ़ते हैं और ये जो उपाय रहेगा सूर्य देव को डेली आपको जल देना रहेगा कोशिश कीजिएगा सत्रह तारीख तक तो आपको जल देना ही देना रहेगा अन्यथा आप बहुत ज्यादा चिंतित रहेंगे बहुत ज्यादा पीड़ा में रहेंगे दूसरा दर्शकों शब्दों का चयन सोच समझ करिएगा कम बोलिएगा जितना ज्यादा कम बोलेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा यात्राओं पर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी अन्यथा आपका कोई समान इत्यादि भी गुम हो सकता है दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ आपको प्रतिदिन करना रहेगा इसके साथ साथ दर्शकों जब भी आप पर कोई मुसीबत आए चाहे वो घर परिवार से रिलेटेड हो चाहे वो आपके कार्यालय से रिलेटेड हो चाहे वो फिर शासन सत्ता से रिलेटेड हो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो जो तीसरा स्थान आपका है पराक्रम का स्थान है और आपके स्थान में देखिए गुरु जो लॉर्ड बनते हैं ये छठे घर के भी लॉर्ड बनते हैं और पराक्रम के घर के भी बनते हैं तीसरे और छठे घर के मालिक हैं तो इन हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो आपके गुप्त शत्रु हैं देखिए छठा स्थान जो होता है ये गुप्त शत्रुओं का होता है तो गुप्त शत्रु जो आपके लिए प्लानिंग करेंगे वो स्वतः समाप्त होंगे एक बार आप लोग भगवान विष्णु का नाम तो जपिए तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक की पहुंचती रहे दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार